तो हेलो दोस्तों मैं आपका माने ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ से आप भी, भी यूट्यूब पर अभी तक नहीं देखे होंगे होंने रवा जो होता है रवा जो बनता है ना सूजी जो झाल सूजी तो मैं चावल से बनाने वाली हूँ आज कोई भी चावल ले सकते हैं आप तो मैं ये जो बिरयानी वाला चावल है मैं ली हूँ पास घर में था इसीलिए मैं यही ले ली मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन मानिए कि वो बना जरूर दिखेगा तो इसको मैं भून ली हूँ इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी इसको मिक्सी जार में पीसना भी है और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं इधर देखिए चावल का जो आटा मैं बना ली हूँ अपनी एक कटोरी में डाल दूँगी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी तो अभी जो भुना हुआ चावल है तो पानी बहुत ही सूख करेगा अभी देखिए अभी मैं इतना पानी डाली हूँ तो देखिए अभी पानी जो सूख लेगा अभी कितना जल्दी देखिए सूख लिया मैं थोड़ा सा और मैं पानी इसमें डाल दे रही हूँ इसमें मैं कटा हुआ प्याज़ टमाटर हरी मिर्च और कुछ मसाले में रखूँगी कुटा हुआ मिर्च है थोड़ा सा और थोड़ा चाट मसाला में डालूँगी इसमें थोड़ा सा हल्दी तो आप हल्दी खाना नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिएगा ये चाट मसाला डालिएगा मैं आपको और एक बात बता रही हूँ मैं ये बच्चे के लिए बना मेरा घर में बच्चा भी ये खाने लग तो आप सोच रहे होंगे बच्चे के लिए इतना तीखा क्यों तो ये हरे मिर्च जो है ना बिल्कुल तीखा नहीं है इसीलिए मैं अलग से जो मिर्च जो पाउडर है वो मैं डाली हूँ तो आप इसमें तड़का जरूर दीजिएगा रई जीरा और करी पत्ता का बहुत ही अच्छा इसका जो खुशबू आएगा और खाने में भी टेस्ट आएगा तो आप इसको पूरा जो बैटर है इसमें मैं डाल दूँगी पूरा नीम आधा ही डाल रही हूँ आप इस तरीके से बाद में भी बना के खा सकते हैं तो मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ली हूँ उसमें डाल दी इसको ढक के दो मिनट के लिए पकाऊँगी देखिए अब देखिए इसको अब तोड़ना है तो ये अपने आप देखिए एकदम सूजी का तरा एकदम हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी है आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए बनाइएगा नहीं तो तेज समझ में नहीं आएगा आप लोग को आप लोग सोचते हो कैसा है रेसिपी लेकिन सच में आप लोग बना के एक बार देखिए बहुत ही अच्छा है खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है इसको इस तरह से चला दो तीन मिनट के लिए इसको भूनना है थोड़ा सही से देखिए तो मेरा जो हल्दी है थोड़ा सा कम हो गया है फिर भी वाइट व्हाइट दिख रहा है देखिए बन के तैयार बहुत झटपट ही बनता है देखिए कितना एकदम खिला खिला है मुझे तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा